हेलो गाइस गाय स्पेशल वेलकम तुम्हारे पास फसल का बहुत ही स्वादा है up uh... चुप बन गए। तुम अरे तुम कुछ नहीं कर रहे। मैं भी ऐसा हूँ। हमारे स्कूल में कॉलेज कॉलेज मैं ट्लॉक कर रहा है यहाँ गैस मैं मैं ट्लॉक कर रहा हूँ इसलिए मैं खेल बंद हूँ मैं हार नहीं जा रहा मुझे हार ना हो कौन है वो तैयार किसी से नहीं है वही अगले तेरे कंप्यूटर अगले कंप्यूटर के आज के लिए इतने, बाकी नहीं